बचपन में तो तुमने मुझसे एक बात कही थी मैं चाहती हूँ वो तो अभी बोलो मैं तुमसे उतना मैं तुमसे उतना प्यार प्यार प्यार जितना प्यार जितना जितना रोमियो ने जूलियट से जूलियत ने रोमियो से फरहाद ने शरीन से शरीन ने फरहाद से मजनू ने लैला से लैला ने मजनू से किया वैसे ही वैसे ही रूमा ने रमेश नेका रमेश से प्यार किया रुमा से प्यार किया